मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मिथुन राशि के वित्त राशिफल जी हाँ 2020 में मिथुन राशि के जातक कितना पैसा कमाएंगे धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर कितना रहेगा उनका व्रज हथ कितना आपके ऊपर रहेगा इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों 2020 में धन से संबंधित ऐसे कौन से दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग हैं जो कि मिथुन राशि के जातकों को लाभ करा सकते हैं अंत तक इस प्रोग्राम को जो है देखिएगा आपको कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा तो दर्शकों अधिक समय न लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं लेकिन एक बात आप लोगों को बता दें मिथुन राशि के जातकों प्रेम राशिफल दो मिथुन राशि का स्पेशली हमने हमने अपने चैनल पर डाल रखा है वार्षिक राशिफल विस्तृत रूप से मिथुन राशि के जातकों का हमने अपने चैनल पर डाल रखा है और कैरियर राशिफल भी हमने डाल रखा है और उसमें उससे संबंधित कैरियर से रिलेटेड उपाय बताए हैं आप लोग वो भी जाकर के देख सकते हैं इसके अनुसार मूलांक के आधार पर भी हमने राशिफल अपने चैनल पर डाल रखा है हमारी भागीरथ श्रृंखला चली आ रही है जो भी भविष्यवाणियां करते हैं सब रहता है तो आप लोग जा के देख सकते हैं आ, फाइनेंस राशिफल जी हाँ वित्त राशिफल दो मिथुन राशि के जातकों के लिए संकेत कर रहा है कि धन के मामले में आपकी स्थिति इस साल बहुत ही अच्छी और बहुत ही सशक्त रहने वाली है धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं नजदीकी रिश्तेदारों से इस वर्ष आपको जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है यदि प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन का कोई मामला काफी समय से लंबित चला आ रहा था तो इस वर्ष आ, इसके लिए बहुत ही शुभ संकेत बन रहे हैं प्रॉपर्टी संबंधित डीलिंग में आपको लाभ अच्छा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि अभी तक बिकी नहीं है तो वो इस बार जो है आपको अच्छे पैसे दिला करके जाएगी इसके साथ साथ दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि धन निवेश से संबंधित निर्णय भी आप लोगों को काफ़ी विवेकपूर्ण जो है स्थिति में लीजिएगा आ, और इसका लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा किसी बड़ों की राय इसमें जरूर सम्मिलित करिएगा आपकी राशि से सप्तम भाव में राशि स्वामी बुद्ध के साथ सूर्य गुरु शनि व केतु के होने से आपकी वित्तीय स्थिति में मिले जुले परिणाम इस वक्त देखने को मिल सकते हैं चंद्रदेव का भाग्य स्थान में होना आपके लिए आर्थिक लाभ के योग बना रहा है छठे स्थान के मंगल भी आपको लाभ दिला सकते हैं विशेषकर यदि आप लोग स्वयं का कोई इंडिविजुअल जो है बिजनेस करते हैं व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको काफी अच्छी लाभ की स्थिति मिलेगी हालांकि इस वर्ष सितंबर तक राहू आपकी ही राशि में बने रहेंगे जिससे हो सकता है कुछ मामले में आपको निवेश को लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहे इस स्थिति से बचने की आपको आवश्यकता रहेगी मार्च में गुरु शनि के साथ आने से देखिए गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं तो नीच भंग राज्यों का निर्माण कराएंगे शनि के साथ बैठकर के इस समय आप किसी बड़े धन लाभ की उम्मीद भी कर सकते हैं जिन लोगों को आपने पैसा दिया हुआ था नहीं लौटा रहे थे तो इस साल लौटाते हुए नजर आएंगे मई में शनि और गुरु के वक्री होने के पश्चात निर्णय थोड़ा सोच समझ करके लेने की आवश्यकता रहेगी जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे कि शेयर मार्केट हो गया कोई सट्टा हो गया आईपीएल में आप लोग जो लगाते हैं मैं निवेश करने की यदि सोच रहे हैं तो ये रिस्क लेना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा जुपिटर के प्रभाव से आपको अपने बिजनेस से लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं रहेंगी पैतृक संपत्ति से भी आपको 2020 में अधिक मुनाफा हो सकता है मांगलिक कार्यों सुख सुविधाओं में लग्जीरियस लाइफ में नए घर में नए वाहन पर धन खर्च होने के योग इस साल मिथुन राशि के जात को आप लोगों के बन रहे हैं आपके जो है लिए वर्ष के उत्तरार्ध में संकेत है कि सितंबर का माह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए काफ़ी अहम रह सकता है क्योंकि इसी समय देवगुरु बृहस्पति व शनि मार्गी होंगे तो इसी माह में 23 सितंबर को राहु भी आपकी राशि से गोचर करके आपके बारहवें स्थान में प्रवेश करेंगे जो कि आपके खर्चों का होता है निवेश का स्थान भी होता है तो इस समय आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं लेकिन उच्च राशि में राहू के होने से बहुराष्ट्रीय में आप आ, जो है हो सकता है काम में चले जाए लाभ के बड़े संकेत मिले विदेश से कोई जॉब का ऑफर आ जाए या विदेशों से यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिले छठे भाव में केतु के आने से भी आपको लाभ होगा देखिए जो पापक ग्रह होते हैं जैसे राहु केतु हो गए तो ये त्रिक भाव में अगर चले जाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं वहीं नवंबर के उत्तरार्थ में गुरु के पुनः शनि के साथ आने से निजभंग राजयोग का लाभ आपको फिर से मिलेगा आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम का समाधान इस समय निकल सकता है तो कुल मिलाकर के यदि मिथुन राशि के जात को एक शब्द में हम आपके लिए बात करें कि 2020 कैसा रहेगा तो 2020 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एक मजबूत आर्थिक प्लेटफॉर्म आपको इस साल मिल सकता है ऐसे सितारे संकेत कर रहे हैं जी हां, सितारे संकेत कर रहे हैं मिथुन राशि होती है करोड़ों लोगों की अगर इस विश्व में निकले तो करोड़ों अरबों लोगों की मिथुन राशि होती है लेकिन आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है मायने ये रखती है ये राशिफल तो सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए है लेकिन आपकी वास्तविक स्थिति जो है ग्रहों की क्या होती है ये भी विचार होती है इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं हो सकता है मिथुन राशि के तमाम दर्शक देख रहे हैं उनके साथ ये चीज़ें फलित ना हो और बाद में वो ज्योतिष विद्या को हमको जो है यहाँ पर अपशब्द लिखें तो ऐसा नहीं होता है दर्शकों आपकी कुंडली में वास्तविक स्थिति विचार होती है आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ये चीजें जान सकते हैं तो कुछ उपाय हम आपको बताते हैं ये आप लोग उपाय यदि करते हैं तो निश्चित आपको लाभ होगा सबसे पहले बुधवार वाले दिन एक मीठा पान आप लोग गणेश जी को चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए आपको धन लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करिए ओम हिरिंग नमः शिवाय मंत्र से आपको धन लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा तीसरा जब भी सुबह उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम आपको धन लाभ होना स्टार्ट हो जाएगा साथ ही दर्शकों शुक्रवार वाले दिन माह में एक बार जो अनार का उपाय है ये हर शुक्रवार को करना है माह में एक बार फ्राइडे शुक्रवार वाले दिन सुहाग की सामग्री ऐसे मेहंदी हो गया चूड़ी हो गया बिंदी हो गया सिंदूर हो गया तो ये सब सुहाग की सामग्री है इसको आप किसी सुहागिन स्त्रियों को दान देना स्टार्ट कर दीजिए निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी अपने घर में जो भी महिलाएं हैं चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी बहन हो चाहे वो आपकी माता हो चाहे वो आपकी पत्नी है इनको इज्जत देना प्रारंभ करिए निश्चित ही धन लाभ होगा तो ये उपाय करके आप लोग जो है 2020 को और मजबूत कर सकते हैं आपकी कुंडली के अनुसार और कौन से उपाय आपके ऊपर फलित होंगे आप लोग अपनी कुंडली दिखा करके हमसे पता कर सकते हैं कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाजत और हाँ करियर प्रेम और विस्तृत राशिफल जो मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल बना है उसको देखना आप लोग न भूलिए तब तक के लिए नमस्कार